गुड इवनिंग फ्रेंड्स बड़ों को पैरी पोर छोटो को हेलो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बेलाइकन को प्रेस कीजिए ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम ये हमारे यहाँ का तालाब हाल फिलहाल में हमारे यहाँ के तालाब की खुदाई हुई है और कल हमारे यहाँ हुई है जबरदस्त बारिश चलो अब हम लोग चलते हैं अपने खेत की तरफ देखते हैं अपनी फेंका वाली धान का हाल कैसी दिख रही है धान देखिए ये देखिए दूर से ग्रीन दिखने लगी है हरा खेत दिखने लगा है पूरा और पास से चल के देखते हैं क्या हाल है ये देखिए कल की बारिश पहली मौसम की पहली बारिश वो भी इतने तेज हमारे यहाँ तालाब का ये सुंदरीकरण हुआ है ये देखिए तालाब ये देखिए किसान भाइयों कल हुई है बारिश ये देखिए अपने खेत का हाल ये देखिए धान यहा भी उखाई है जो दूसरे दिन बुबी थी चलो आप लोगों को पहले दिन वाली धान दिखाते हैं कितनी बड़ी हो गई है ये देखिए ग्रीनरी तो आ गई है खेत में हरा देखने लगा है खेत देखिए ये वाली भी धान ये वाली धान भी दूसरे दिन की है ये वाला किल्ला और वो वाला वो वाला वो वाला और ये वाला ये सब दूसरे दिन वाले हैं और वो साइड वाले चार किले वो हैं पहले दिन लोग धन देखिए कितनी बढ़िया जमनेसन आया है ये देखिए पहले दिन वाली ये रही पहले दिन वाली ये चारों किले पहले पहले दिन के बुबे हुए हैं दिन में काफी बड़ी भी होती है और ग्रीन दिखने लगी है खेत हरा दिखने लगा है कुछ कुछ खरपतवार भी दिखने लगे हैं खेत में किसान भाइयों इसमें हम लोग खरपतवार नाशक लगाएंगे कुछ दिन बाद जब ये धान बड़ी बड़ी हो जाएगी थोड़ी करीब करीब आठ आठ इंच की लगभग धान हो जाएगी तब इसमें हम लोग खरपतवार नाशक लगाएंगे ताकि खेत खरपतवार नाशक लगाने के बाद खेत भरना पड़ता है ताकि धान न डूबे और धान खराब रहे ये देखिए हमारे यहाँ कल बारिश हुई है चलो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से शुभ दिन हो